कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस प्रेस हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जियो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे कोई संदेह नहीं होना चाहिए लेकिन जो ये अपराधी हैं जो ये माफिया हैं आखिर है? ये पाले किसके द्वारा गए हैं बात जवाब आ जाए ये जवाब आपका नाम नहीं है आपने माफिया के तो नहीं लीजिए खिलाफ जवाब आ आज जिस माफिया के खिलाफ जो भी आ तो गया का सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें एक सांसद बनाया था सच नहीं है आप अपराधियों को पालेंगे प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा है कचाही कटाइए कहीं अपराधी नहीं था इस पार्टी का कहा किस पार्टी का था आप सारे अपराधियों को पालेंगे उनको माल्यार्पण कर O na galing